कैसे हैं आप सब आज आप सब अच्छे होंगे ये सुबह के बजे हुए हैं साढ़े पाँच को दिखाती हूँ टाइम ये देखिए साढ़े पाँच हो चुके हैं अभी जैसे कि आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं सभी को हैप्पी नवरात्रि और गुड मॉर्निंग तो अभी मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ और फिर करते हैं मंदिर को सजाएंगे

और फिर जोत लगाएंगे माता रानी की तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सब से यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और बज के पीछे आप देख रहे हैं छः बजने वाले हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर ये देखिए एक्चुअली ये मेरा मंदिर है हमने छोटा सा मंदिर है हमारा हमने किचन में ही बनाया हुआ है

क्योंकि इतना स्पेस नहीं है तो यहीं पे थोड़ा स्पेस लगा के हमने यहीं पे मंदिर बनाया है तो अभी करते हैं मंदिर को थोड़ा सा सजाते और जोत की तैयारी करते हैं और करते हैं आज के नवरात्र

हो चुकी है दो सेकेंड अप्रैल टू थाउजेंड इसे पढ़ते हैं बाद में पहले मैं कर लेती हूँ तब तो चलते हैं किचन में सारा क्लीन कर चुकी हूँ साफ सफाई हो चुकी है ये है हमारी सर्विस बिंडो ये है अंदर का रोम

थोड़े बहुत हो चुका है और ये है मेरा मंदिर और अब करते हैं जॉब

आज है पहला नवरात्रा स्टार्ट तो सभी को हैप्पी नवरात्रि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सबके नवरात्र अच्छे से जाएं और जैसा कि आज है पहला शैलपुत्री माता जी का नवरात्रा तो जय शैलपुत्री माता जी की स्त्री चल यहाँ उठ चुका है अभी गुड मॉर्निंग <laughs> कर दो सबको गाइड को जामू में शीर्षु अभी अभी

अभी ये गुड बेबी बन जाएगा ना थोड़े दिनों में फिर ये ऊपर में शुशु नहीं करेगा ना चलो अच्छा गुड तो मॉर्निंग हाँ तो हाँ अच्छा, कैसे हो आप सब अभी त्रीजे उठ चुके हैं अभी मैं उसको देती हूँ दूध पिलाते थोड़ा तो पहला नवरात्र पहला नवरात्र आज शुरू हो चुका है

और मैंने सारे के सारे व्रत रखे हुए हैं और अभी नाश्ते में अब जैसे आपको पता है कि नवरात्र में बिल्कुल लहसुन प्याज और यह बिल्कुल नहीं डलता तो आज मैं नाश्ते में मम्मी पापा और बाकी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बनाऊंगी कढ़ी चावल और मैं शाम को ही बनाती हूँ शाम को ही खाती हूँ एक टाइम वो मैं खाऊँगी शाम को वो देखती हूँ शाम को क्या बनाऊँगी चलो अभी ब्रेकफास्ट बना के तैयारी करके फिर आपको मिलती हूँ मैं आपसे